आपको पता है वर्षावित्री के पूजा के दिन बरगद के पेड़ की ही पूजा क्यों की जाती है इसके पीछे विज्ञान है या कोई अंधविश्वास अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें, तो बरगद एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसकी पत्तियां एक घंटे में पाँच मिलीलीटर ऑक्सीजन देती है यह वृक्ष दिन में बीस घंटों ऐसी ज्यादा ऑक्सीजन देता है इसके पत्तों से निकलने वाले दूध का चोट मोच घाव सूजन ठीक करने में उपयोग करते हैं इस पेड़ के पत्ते फल और छाल शारीरिक बीमारियों को दूर करने के काम आते है बरगद एक विशाल वृक्ष होता है इस वृक्ष पर अनेक जीवों और पक्षियों का जीवन निर्भर होता है और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इसे साक्षात जटाधारी पशुपति शिव का रूप माना जाता है बरगद सबसे अधिक समय तक जीने वाले वृक्षों में से एक है इसकी आयु सौ साल से अधिक होती है इसीलिए वट सावित्री के दिन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और इस वट वृक्ष की पूजा करती है